भाजपा डिनोरी के नए जिला अध्यक्ष अवधराज बिलैया का श्यवपुरा नगर में जोरदार स्वागत किया गया यहां सभी कार्यकर्ताओं से अवधराज ने कहा कि सभी पूरी ताकत से मिशन 2023 को पूरा करने में जुट जाएं। श्यवपुरा नगर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष अवधराज बिलैया का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया अवधराज विलैया का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नगर आगमन हुआ इस मौके आरोप मानस भवन में स्वागत समारोह का आयोजन भी किया गया अवधराज विलैया ने सभी कार्यकर्ताओं ऐसी मिशन दो के लिए पूरी ताकत ऐसी जुट जाने का आह्वान किया वो खबरें जो आपके काम की है